हेलो फ्रेंड्स हेलो भाइयों आप लोग सोच रहे हैं, हैं। मुझे के वाई हो रही है मुझे केवाईसी में फिंगर नहीं जल पा रही है ओटीपी नहीं आ रही बहुत सी समस्याएं आ रही हैं इन सभी समस्याओं को लेकर मैं आया जा। हूं आज आपके प्रति दोस्त मेरा नाम आकाश कुमार है हमारे रुपयापुर के अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आप लोग कहते हैं कि हमारी ओ नहीं आ रही है फिंगर नहीं पा रही है उसमें नोटिफिकेशन आ रहा है आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि आप लोगों को के पास ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा होगा मैंने इस नोटिफिकेशन का भी सोल्यूशन निकाल के रख लिया है ये ऊपर आप ये देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, ये आ रहा है आपके पास बार बार कि ई लिंक एंड पीएम किसान के सामने इसको वो करते हैं आपकी ये के है और जो फिंगर नहीं जर पा रही है आपके पास जो भी डिवाइस है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसका मैं सोल्यूशन आपकी बता दूँगा इसको कैसे ठीक करना है और किस तरह से फिंगर को जलाना है तो दोस्तों आपके लिए कुछ निकाल आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना होगा क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद आपको जो मंत्रा है ठीक है मंत्रा आपने बताया कैसे उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं मैं बता दूं मैं आपके लिए बता दूंगा आपको दिखता है आर डी इसमें लिखना होगा आपके मंत्रा आर डी सर्विस ठीक है तो मंत्रा आर डी सर्विस आप आपको टाइप कर मंत्रा आर डी सर्विस टाइप करने के बाद यहां पे नीचे आप आएंगे यहां पर यहां पे दिखा रहा है ड्राइवर डॉक्यूमेंट्स मंत्रा सॉफ्टवेयर तो कभी कभी यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट आपके पास खुल के आएगी यहाँ पे जो कैप्चर मांगता है वो कैप्चर आपके लिए यहाँ पे फिर कर लेना होगा कैप्चर मैं फटाफट फिल कर देता हूँ यहाँ पे कैप्चर मैंने फिल कर दिया यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप, आप देख सकते हैं कि डाउनलोड एम एफ यहाँ पे हंड्रेड आई सर्विस यहाँ डाउनलोड करना होगा सॉफ्टवेयर आपके लिए और ये वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा इन दोनों नए वर्जन आ गए दोनों नए वर्जन के लिए आपको फटाफट डाउनलोड कर लेना होगा डाउनलोड करने के बाद आएगा उसके लिए आपको क्या करना होगा बैग जाना होगा दूसरावेयर डाउनलोड करना होगा आर डी आर डी सर्विस आर डी सर्विस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के यहाँ पे देख सकते हैं जो मोटो वाला आर डी सर्विस होता है ना हमने पे खोल लिया है ठीक है इस तरह से ये मोर्फो वाला खोल के आ जाता है मगर यहाँ पे आपके लिए वो हमें दिखाया जाए आपके लिए कि वो क्या कहता है पहले उसका सही से लिंक भी जो होता है उसको पढ़ लिया करो ठीक है मगर आप लोग देखते नहीं हो और ऑटर देते होके कर देते हो इसमें ये कहता है कि यहाँ पर ये लोकल होस्ट यानी कहता है, है एच डी लोकल होस्ट को आपको ऑन करना होगा तभी जाके एच जो फाइल है आपकी वो तैयार होगी तभी जाके आपके डिवाइस चलेगी तो यहाँ पर डाउनलोड में आता है ये यहाँ को दिखा रहा है कि विंडो लोकल होस्ट और विंडो वन इसको आपको फटाफट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने होंगे मैंने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पर आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपके पास रखे हुए हैं हमारे यहाँ पे ये मोरफो वाला लोकल गोश्स ये डाउनलोड करा हुआ है मेरे पास और ये भी मैंने डाउनलोड करके दोनों रखे हुए हैं वन पॉइंट टू सेवन वाला कि दोनों सॉफ्टवेयर डाउन करने हुए बाद दोनों आप लिए रन कर लेना होगा और रन करने के बाद जब दोनों रन हो जाए उसके बाद में जब दूसरा सेकंड वाला रन करते हैं तो मोरफो डिवाइस निकालने के बाद उसको लगा लेना होगा और सॉफ्टवेयर सिस्टम शट होगा और खुल जाएगा उसके बाद में आपके लिए जाना होगा वही अपनी मेन वेबसाइट जो आप काम करना चाहते हैं चलो मैं आपके लिए वेबसाइट पर खोल के दिखाता हूँ इस तरह से हमारी मूर्ख डिवाइस वर्क कर रही है मंथ्रा डिवाइस वर्क कर रही है यहाँ पे आपके लिए टाइप करना होगा पीएम एम किसान गवर्नमेंट के वेबसाइट। यहाँ पे आपको जाना होगा पीएम एम किसान वाली साइट पे। जो तो आपको सबको पता ही है कि इस तरह से जाते हैं और इस तरह में समय में डायरेक्ट साइट अभी नहीं खुल पा रही है इसकी तारीख भी बढ़ा दी गई है इकतीस सितम्बर मई दो कर दी गई है और डायरेक्ट जो ऑप्शन आता था वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है आपके जाना होगा यहाँ पर सी एस तो आपके पास आपके पास अगर सी एस है तभी जाके आप इसको कर सकते हैं लॉगिन भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पे आपके लिए सिर्फ क्या पहुँचना होगा बायोमेट्रिक तो आधार आधारिकेशन पे यहाँ पर आपके लिए जो आधार कार्ड है उसका यहाँ पे डाल लेना होगा आधार कार्ड में फराबर यहाँ डाल लेता हूँ आपके लिए आधार कार्ड और कैप्स डाल लेना होगा यहाँ पर करना होगा आपके सर्च सर्च करने के बाद यहाँ आप पे आपके लिए मोबाइल नंबर डालना होगा जो मोबाइल नंबर पर आपके पास ओ टी पहुँच सके मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिया है अब गेट टू मोबाइल नंबर ओ मैंने सेंड यहाँ पे कर दिए आपके मोबाइल में फटाक से ओटीपी जाएगी थोड़ा वेट भी हो सकता है सर और स्लो भी हो सकता है तो आपके लिए ओ टी तभी ओ टी के बाद यहाँ पर मैंने ये ऑप्शन खोल के रखा है ओ आ गया मेरा मोबाइल नंबर नंबर डला हुआ है यहाँ पर ओ आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्चर फोर ई के वाइस से कैप्चर फोर मोरफ डिस् अटैच डिवाइस यहाँ पर मंथरा डिवाइस आप लोगों की जो मंत्रा डिवाइस है वो मंत्रा डिवाइस नहीं जल पा रही है तो वो दोनोंवेयर रन करने के बाद वो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है वो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आया आप लोग यहाँ पे रखी हुई है और हम आपके लिए बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पे हम क्लिक करके दिखाते हैं आपके लिए हमारी मंत्रा है वो जल चुकी है यहाँ पे और हम यहाँ पे फिंगर लगा देते हैं हालाँकि हमारा आधार नहीं डला हुआ है हम यहाँ हमारी फिंगर मैच नहीं करेगी तो आपके लिए कुछ नहीं करना होगा बस हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना होगा जय